मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है मेरा करता है जो मुझे स्वीकार करता है मेरे भेजने वाले को करता है बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान मैं तुमसे सच कहता हूँ आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निष्फल न होगा आखिरी नरसिंग फूका जाने वाला है सुनो, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ आखिरी नरसिंग फूका जाने वाला है तेरा मेरा सबका यशु आने वाला है सिंगापुर शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डकमगाए परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और आशीष दे तुम्हें शांति मिले धर्म शास्त्र क्या कहता है तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय संपूर्ण प्राण संपूर्ण सामर्थ्य संपूर्ण मन से प्रेम करो तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुवा सेवक के समान बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है हाँ वही जो सेवा करता है पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो तुमने ठीक कहा यही करो तो जीवित रहोगे होंगे तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी ये सब दुनिया तेरे साथ न जाएगी तेरा दिखावा काम ना आएगी यह सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी नाम किसे व्यारे तेरे कामना आने वाला है महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है एक दिन शु आएगा न्याय करने आएगा एक दिन गिन्दिशु आएगा न्याय करने, करने आएगा भला होता है यदि तू आज अपनी शांति का मार्ग जान लेता परंतु तुम तो इसमें असफल रहा वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से कुछ पर प्रहार करेंगे इन्हीं दीवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे तुझे और तेरे लोगों को और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे क्योंकि तू अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना तो इस वचन का क्या अभिप्राय है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम पहले खुद अपना खुश उठाओ तुम प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम ये लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परंतु तुमने उसे टाकुओं की खो बना दिया क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते है बनाना बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है महिमा में स्वरदूतों के संग आने वाला है तू तू तू होगा? होगा? होगा? जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अपना मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु उन्हें प्रेम क्षमा और जीवन का नया मार्ग प्रदान करते हैं क्रूस पर अपनी मृत्यु के तीन दिन बाद वे मृतकों में से जीव थे वे जीवित हैं और आपके जीवन में आना चाहते हैं प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है देखो मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकते जो कोई मुझ पर विश्वास करे पर भी जाए तो भी जीवित रहेगा रहेगा ना दिल तो आज यीशु को समय बहुत ही कम है यीशु आने वाला है समय बहुत ही कम है यीशु आने वाला है पहचान के यीशु को क्यों तू तो भूल गया है सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है पहचानते यीशु को क्यों तू तो भूल गया है सेवा ईश्व करना क्यों भूल गया है वक्त अभी भी है यीशु बुलाता है बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है महिमा में स्वूतों के संग आने वाला है आप प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप अपने महानता के अनुसार हम पर दया करें प्रभु जब हमारे पूर्वजों ने आपका विरोध किया तब तो आप उनसे क्रोधित थे फिर भी उनका नाश नहीं किया परंतु क्षमा किया अपने प्रेम वाचा तथा विश्वास योग्यता के, के कारण उन्हें क्षमा कर दिया यशु खिस्त आज भी जीवित हैं वे चाहते हैं की आपके जीवन में आएं, आपके पाप क्षमा करें और आपको भरपूर जीवन जीने की सामर्थ्य दें। उनके वचनों पर ध्यान दें पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे सुनो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूँ स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यदि आप उस भरपूर जीवन को जिसका वायदा प्रभु यीशु ने किया है अनुभव करना चाहते है तो प्रार्थना में प्रतिदिन उनसे बातचीत करें, उनका पढ़कर अपने जीवन के लिए उनकी अद्भुत योजना की खोज करें और वे लोग जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके अनुयायी हैं, उनसे संगति रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनके अद्भुत वचनों को सदैव याद रखें और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो मैं तुम सच कहता हूँ मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न